हाँ तो दोस्तों कैसे हो सारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो के अंदर लाइक मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कभी भी नहीं बनाने वाला था लेकिन फिर मैंने तुम्हारे इतने सारे कॉमेंट रिसीव किए इतने सारे कॉल्स रिसीव किए इवन सोशल मीडिया पे भी तुमने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पूछा अकेली वीडियो ऐसी है जिसपे इतने सारे कॉमेंट्स हैं कि इतने तो मेरे टोटल सारी वीडियोज़ पर नहीं होंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ये देखकर तो थैंक यू उस चीज़ के लिए लेकिन फ़ोन करके मेरे चैनल को अंडर बोलना बंद करो और अगर अंडर चैनल लगता है ना तो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को जब वीडियो पसंद आती है क्यों नहीं करते सब्सक्राइब और अपने भाई को मेन लीड में लेकर आओ और वीडियो का शेयर करो तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एच कैटेगरी में आई का पूरा सिस्टम किस तरह से होता है और कैसे आप अपने तरफ से एच कैटेगरी के अंदर में बिड़ लगा सकते हैं और इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती और लोगों को समझने में प्रॉब्लम आती तो लोग इस वीडियो को ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते लेकिन जो तुम्हारी रिक्वेस्ट आई उसके लिए ही ये सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बेसिकली टेक्निकल होने वाली है मैं कोशिश करूँगा कम से कम टेक्निकल रखने की कम से कम ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने लेकिन का भी अच्छे से रख भी रहे का सारा सिस्टम किस तरह से होता है ये जानने वाले हम इस वीडियो में तो सबसे पहले जानते हैं ये एच क्या होते हैं एच होते हैं दोस्तों हाई नेटवर्ड इन्वेस्टर्स इनको एन भी बोला जाता है यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि एक अमीर बोल सकते हैं लाइक काफ़ी अमीर लोग होते हैं और किसी भी आई में जो दो लाख रुपए से ज़्यादा की बिड लगाता है उसको बेसिकली एच एन कैटेगरी में या एन आई कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है और बेसिकली उसको उसी कैटेगरी के अंदर से आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है अगर आपको जानना है कि आईपीओ क्या होता है और ये कैटेगरीज क्या होती है इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने प्यार भी दिया है तो लिंक ऊपर मैं आई बटन में डाल लूँगा प्लीज़ वह वीडियो पहले जा के देख लीजिएगा फिर आ जाना इस वीडियो पर क्योंकि ये वीडियो तो कहीं नहीं जा रही तो दोस्तों बेसिकली जो भी बंदा एक आई के अंदर दो लाख रुपये से ज़्यादा की बिल लगाता है एक डीमेट अकाउंट से या नहीं कि दस डीमेट अकाउंट से लगा रहा है बीस बीस हज़ार रुपये की करके जो दो लाख रुपये से ज़्यादा की बिल एक डीमेट अकाउंट से लगाता है उसको बेसिकली एचएनआई कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है और उसको कुछ फ़ायदा भी मिलता है इस चीज़ का एचएनआई कैटेगरी के, के अंदर बिड़ लगाने का बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं रिटेल कैटेगरी के, के अंदर आई की अलॉटमेंट कैसे होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है एच एन के अंदर रिटेल कैटेगरी से जो आई पी अलॉटमेंट होती है तो सबसे पहले रिटेल कैटेगरी की हम अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी में जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो ऐसे में उस आईपीओ की अलॉटमेंट लोटरी बेसिस पर होती है लॉटरी सिस्टम की हेल्प से होती है फॉर एग्जांपल कोई आईपीओ आया एक्स वाई जी कंपनी का और बेसिकली 10 10 शेयर के 10 लोट लेकर कंपनी आई रिटेल कैटेगरी के अंदर और वो रिटेल कैटेगरी के अंदर आई फाइव टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अब ऐसे में क्या होगा पाँच में से सिर्फ एक बंदे को एक लोट मिलेगा जिसका भी लोटरी के अंदर नाम आएगा और बाकी सबको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ पाँच में से एक बंदे को ऐसे में कंसिडर किया जाएगा बेसिकली लोट्स दस है कंपनी के पास शेयर्स के और लेकिन जो बिड लगाने वाले हैं वह पचास बंदे हैं तो ऐसे में सिर्फ सबको एक एक लोट ही मिलने वाला है और लोट भी वो सिर्फ लोटरी सिस्टम की मदद से मिलने वाला है फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दो लोट के लिए अप्लाई किया है तो उसे ऐसे में एक ही लोट मिलेगा उसे दो लोट नहीं मिलेंगे और वो लोट भी तभी मिलेगा अगर लोटरी में उसका नाम आता है बेसिकली पाँच में से एक बंदे को ऐसे में लोट मिलने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर लेकिन एच कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है बेसिकली एच कैटेगरी के अंदर आपको जो अलॉटमेंट होती हैं वो लोटरी बेसिस पर नहीं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होते हैं फॉर कैटेगरी के अंदर लेकर आई अपना अलॉटमेंट एच और एच कैटेगरी के अंदर जो कंपनी ने रिजर्व किया है वो दस लोट्स हैं और दस लोट्स के अंदर पर लोट दस शेयर्स रिजर्व हैं और यहाँ पर भी फाइव टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है एच कैटेगरी में तो एच कैटेगरी के अंदर अब जो अलॉटमेंट होगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद लोटरी बेसिस पर नहीं होने वाला है बेसिकली प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होने वाला है फॉर एग्जांपल जो लोग जितने ज़्यादा लोट्स के लिए बिर लगाएंगे उसको उतने ही ज़्यादा लोट कंपनी देने की कोशिश करेगी तो दस लोट है दस शेयर्स के तो टेन इंटू हो जाते हैं सो टोटल सौ शेयर्स हैं और ख़रीदने वाले पचास लोग हैं तो ऐसे में दो दो शेयर कंपनी सबको बांट देगी तो इस तरह से कुछ आई के अंदर अलोटमेंट होता है एच कैटेगरी में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर आप किसी लोट के लिए बिड़ लगा रहे हैं अपनी एच एन आई कैटेगरी के अंदर में तो आपको अलॉटमेंट होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में आपको एच एन आई कैटेगरी के अंदर में डिलीवरी मिल ही जाएगी लेकिन वो केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतने लोड्स के लिए भीड़ लगाई है कि आपका एक शेयर भी पूरा नहीं हो पा रहा अगर ऐसा होगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है कंपनी बोल लेगी तो दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अगर आपको एच कैटेगरी के अंदर आई पी अलॉटमेंट चाहिए और आपको पूरा एक लोड चाहिए तो आपको उतने लोड्स के लिए ब्रद लगानी होगी जितने लोड्स के लिए बेसिकली वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आई पी कैटेगरी में 200 हंड्रेड टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो ऐसे में आपको 200 हंड्रेड लोट्स के लिए बिड़ लगानी पड़ेगी जब जाकर आपको एक लोट मिलने वाला है फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ तो आपने 200 सौ लोट्स के लिए बिड़ लगाई पर लोट का प्राइस है 15000 जो कि यूजली बेसिकली होता है पंद्रह हजार एक लोट का प्राइस तो आपको यहाँ पर तीस लाख रुपये देखिए तीस लाख रुपये के लिए मतलब आपको अपनी बिड़ सबमिट करनी पड़ेगी जब जाकर आपको आपका एक लोट मिलेगा तो अब आप देख सकते हो कि डिटेल कैटेगरी में आपको का... और इसमें एच एन आई कैटेगरी में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिलीवरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं शॉर्ट शॉर्ट चांसेस हो जाते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं एच एन आई अपनी जो कैटेगरी है वो एच एन आई कैटेगरी के अंदर में 30 लाख ,00 रुपये दे देते हैं क्योंकि उनको चांसेस तो है ना अलॉटमेंट मिलने के लेकिन अब सबके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो तीस लाख रुपये एक आई के अंदर लगा सके तो यहाँ पर एन ने एक अच्छा बिजनेस मॉडल फाइंड किया और NBFCs क्या करती है वो एक शॉर्ट टर्म लोन असाइन कर देती है नब्बे दिन, दिन का होता है बेसिकली दिन में IPO की जो है अलॉटमेंट हो जाती है तो सात दिन के अंदर कम से कम आप सात दिन से लेकर नब्बे दिन तक के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो जो कि आप यूज कर सकते हो आईपीओ में बिड लगाने के लिए जो कि लगभग सारी ही एनबीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं इसके लिए आपको अपना एक आईपीओ अकाउंट खुलाना होता है उस एनबीएफसी के साथ में और एक नोमिनल रेट पर इंटरेस्ट रेट पर लाइक छः से बारह परसेंट पर एन के इंटरेस्ट रेट पर आपको कंपनीज़ जो भी एन हैं ये सारे अपने लोन प्रोवाइड करा देती हैं किसी भी आईपीओ के अंदर में बिल लगाने के लिए तो अब ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके अंदर है कि अगर आप आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो आप चाहे तो लिस्टिंग डे पर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर करके निकल जाओ और अपने सारी चीज़ों को सेटल्ड ऑफ करके एनबीएफसी के साथ में जो आपका प्रोफिट या लॉस हुआ है वो देख लो लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टाइम इस शेयर को होल्ड करना है तो आप मैक्सिम नाइन्टी डेज तक होल्ड कर सकते हो और बस आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना होगा जितना भी बोला है कंपनी ने कि हाँ मैं इतना इंटरेस्ट आपसे लेने वाली हूँ तो वो सारा इंटरेस्ट आपको देना होगा तो दोस्तों अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं किसी एनबीएफसी से तो आपको कुछ मार्जिन अपना एनबीएफसी के पास में रखवाना होता है फॉर एग्जाम्पल आपको 30 लाख रुपए का लोन चाहिए था तो ऐसे में आपको कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं 10x तक का मार्जिन आपके मार्जिन के ऊपर जो 10x तक यानी 10 मल्टीपल्स तक लोन प्रोवाइड कर सकती है फॉर एग्जांपल 30 लाख ,00 के लोन के लिए आपको सिर्फ़ 3 लाख ,00 रुपए जमा कराने होंगे कंपनी के पास में और कंपनी आपको लोन सेंशन कर देगी 30 लाख ,00 रुपए का फिर आप कंपनी को बता दीजिएगा कि आपको किस दिन किस टाइम पर और किस शेयर के अंदर में किस आई uh, के अंदर में अपनी बिड्स को सब्मट करना है किस प्राइस के ऊपर अपनी बिड्स को सबमिट करना है ये सारा काम एन uh, आपके बिहाफ कर देगी और जो आपके आपके शेयर्स शेयर्स आएंगे वो वो के अकाउंट में आ जाएंगे आपके और वो आप लिस्टिंग बेच दो तो चाहे आप 90 डेज तक होल्ड करके रखो और जैसा भी मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा आपको इन शेयर्स को बेचने के बाद में वो सारा सेटल हो जाएगा जैसे ही आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं एनबीएफसी के साथ में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनबीएफसी को अगर आपको लॉस होगा तो भी आपको इंटरेस्ट देना होगा एनबीएफसी को तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊँ तो यही कारण है जो एचएनआई कैटेगरी आईपीओ के अंदर में मैक्सिमम लास्ट डे पर भरती है क्योंकि लास्ट डे तक जो है एक तो उनका इंटरेस्ट बर्टन कम हो जाता है बेसिकली एक दिन कम का इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है अगर वो लास्ट डे पर अप्लाई करते हैं एच एच कैटेगरी के अंदर में एन से लोन ले करके तो एक तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और जो दूसरी चीज़ आपके पास हो जाती है वो दोस्तों हो जाती है कि लास्ट डे पर लास्ट डे पर आपको पता चल जाता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है उस कैटेगरी के, के अंदर में और क्या ग्रे मार्केट प्राइस चल रही है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है जिस वजह से एच मैक्सिमम लास्ट डे पर अपनी बिल्स को सबमिट कर देते हैं और जितने लोड्स के लिए मतलब उनको चाहिए वो उतने लोड्स उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके सबमिट कर देते हैं उस आई के अंदर में बेसिकली एस के लिए तो एन बिड्स को सबमिट करती है लेकिन वो बताते तो है ना कि मेरे को इस कंपनी के आईपीओ में डालना है इतने लोट्स के लिए डालना है और ये मेरा मार्जिन है ये सारी चीज़ें और हो सकता है कि आपने जैसे ही अपनी किसी उसके लिए बिड लगा दिया आईपीओ के लिए लेकिन अब सब्सक्रिप्शन स्टेटस में कुछ चेंज आ गया और आपको हो सकता है इस केस में कंपनी कहे एन कहे कि कुछ और मार्जिन हमको चाहिए अगर आप अपनी बिड्स को बढ़ाना चाहते हैं अपने लोड्स को बढ़ाना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर तो आपको ऐसा भी होगा ये सारी चीज़ें आप से मिलकर के आप से एन बी एफ सी खुद सेटल करने में आपकी हेल्प करेगी और बेसिकली ग्रे मार्केट प्राइस है ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने में मदद होती है एच को क्योंकि एच जो है अपनी कैटेगरी के, के अंदर में आईपीओ को कट ऑफ प्राइज पर नहीं डाल सकते बेसिकली उनको सेलेक्ट करनी होती है एक स्पेसिफिक प्राइस और उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर अगर उस आई के शेयर्स की अलॉटमेंट होती है तो ही एच को उस कैटेगरी के, के अंदर में आई पी के शेयर्स मिलते हैं तो इस वजह से भी लास्ट डे के अंदर ही ज़्यादातर एच अपने आई में बिड्स को डालते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लास्ट दिन तक और एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछी है कि वो अपने ऐप से लाइक जीरोधा से या एप से या फिर किसी और ऐप से एंजल ब्रोकिंग फाइव पैसा से अपने जो है अकाउंट के अंदर में आई को बिड सबमिट नहीं कर पा रहे हैं एच कैटेगरी के लिए तो मैं आपको बता दूं आप यू से एच कैटेगरी में कभी भी अपने ब्रिड को नहीं लगा सकते हमेशा आपको जाना होता है आसबा के थ्रू आसबा नेट बैंकिंग से ही आप हमेशा बेड लगा पाओगे अपने आई के अंदर में किसी भी शेयर के लिए किसी भी शेयर के आई के लिए अगर आपको बिड़ लगानी है एच कैटेगरी में तो आसबा से आप बिल लगा सकते हो तो अब मान लेते हैं आपके अकाउंट में शेयर आ चुके हैं आपको डिलीवरी मिल चुकी है शेयर की और अब आपने शेयर्स बेच भी दिए हैं और अब आपको शेयर बेचकर 10% का प्रॉफिट भी हुआ है तो आपको जो है तो बेसिकली अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको एकदम शेयर बेचते साथ ही आपका 10 परसेंट का प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा लेकिन ऐसा एचएनआई कैटेगरी में नहीं होने वाला आपको 10 परसेंट का प्रॉफिट तो आए लेकिन पहले आपको एन का इंटरेस्ट देना होगा उसी के बाद वो आपका जितने भी परसेंट का प्रोफिट बनेगा वो कंसिडर होगा और ये इंटरेस्ट आपको हमेशा देना होगा चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा तो हम यहाँ पर ये चीज देख करके कह सकते हैं कि रिटेलर्स को समव्यर्थ ज्यादा प्रॉफिट होता है है पर लोट एच एन आई से लेकिन एच एन आई इतने ज्यादा लोटे हैं उनको इतने ज्यादा लोट्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर बेसिकली किसी भी, किसी भी भी आईपीओ के अंदर तो उनके जो इन टर्म्स ऑफ मनी जो प्रॉफिट होता है वो काफी ज्यादा होता है लाइक लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है उनको और यहां पर अगर मैं आपको एक और फैक्ट बात बताऊं अगर एच कोस्ट के आसपास कोई जो है होता है ना आईपीओ लिस्ट तो उसके भागने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं लाइक एच एन के आसपास ही लिस्ट होते हैं बेसिकली नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं लेकिन अगर एच एन कोष्ठ के थोड़ा ऊपर कोई आई लिस्ट होता है तो शायद उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए लेकिन उससे हल्का सा ज़्यादा ऊपर हो गया ना तो एच क्या करते हैं अपने प्राइस को अपने प्रोफिट को मैक्सीमाइज़ करने के चक्कर में उस शेयर को खींच के बढ़ाना शुरू करते हैं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है लेकिन अगर ऐसे में नीचे एच एन से नीचे नीचे आईपीओ लिस्ट होता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो थोड़ा टूट सकता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं टूटेगा क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स एच एन के हाथ में और एच एन ज्यादा जब तक वो शेयर्स नहीं बेचेंगे जब तक एटलीस्ट उनके कॉस्ट टू कोस्ट ना आ जाए लेकिन अगर वो ऐसे में ज़्यादा टूट जाता है शेयर तो कम uh, है है क्या करेंगे जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो एकदम से एकदम से अपने शेयर्स को डंप करना शुरू कर देंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ये काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर हुआ भी है बेसिकली आपको एच कैटेगरी के अंदर हो चाहे रिटेल कैटेगरी के अंदर हो अगर आपका बेसिकली प्रॉफिट uh, या लिस्टिंग प्रॉफिट या लिस्टिंग गेन लेने का ही एम होना चाहिए किसी भी आई पी ओ के अंदर में अगर ये आपको लिस्टिंग गेन हो रहा है या लिस्टिंग प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली लिस्टिंग गेंद लिस्टिंग प्रॉफिट एक ही है तो अगर आपको लिस्टिंग गेन हो रहा है या लिस्टिंग लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है आप लिस्टिंग के दिन लो और निकलो उस आईपीओ से अपने आईपीओ को होल्ड मत करो ये सबसे अच्छी जो है ट्रिक है वह और ट्रिक भी नहीं ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो जाती है किसी भी आईपीओ के अंदर में बिड लगाने की और काफी ज्यादा सही ये चीज रहती है तो यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि आप एच एन कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं बेसिकली ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका आपको आपको देखना है कि आई के अंदर ओवर कितनी हुई है और किस इंटरेस्ट रेट पर एच ने पैसा उठाया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है सेवन डिवाइडेड बाय 365 से और जैसा ही आप ये करेंगे तो आपके पास एचएनआई एन कॉस्ट आ जाएगी और एचएनआई एन कोस्ट के आसपास ही लिस्टिंग होने की ज़्यादातर चांसेस हो जाती हैं अगर आईपीओ खराब परफॉर्म कर रहा है ग्रे मार्केट के अंदर में क्योंकि एचएनआई के पास मैक्सिमम शेयर्स है ना तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके ज़्यादा लॉस हो तो वो इसलिए थोड़ा सा मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए एच एन के पास में ज़्यादा से ज़्यादा होती है ऐसा कि वो लिस्ट हो जाए कंपनी का शेयर तो आप ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर अपने कुछ ओपिनियंस आपको देना चाहूंगा बेसिकली एच एन आई कैटेगरी के अंदर आप अगर आई पी ओ के अंदर बिड़ लगाना चाहते हैं और आपके पास मतलब दो पाँच लाख रुपए हैं और दो पाँच लाख रुपए से आप बिड़ लगाना चाहते हैं तो रहने ही दीजिए मत करिएगा क्योंकि आपको दो पाँच लाख रुपये से कितने लोट मिल जाएंगे आई के अंदर में न एक एक दो लोट मैक्सिमम मुश्किल से मिलेगा और अगर वो एक दो लोट आपको रिटेल कैटेगरी में मिल जाए जो कि काफ़ी ज्यादा हाई चांसेस है अगर आप पाँच छः सात आठ डिमेट अकाउंट से अपनी बिल्स को सबमिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक दो नोट्स मिल ही जाते हैं डिटेल कैटेगरी के अंदर में जिससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और इन सारी झंझटों में भी नहीं पड़ना होता है लाइक like आप लोन लोगे एनबीएफसी के पास में अकाउंट खुलाओगे और बेसिकली ये सारी जो झंझटें होती हैं ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर देते हो और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करो अगर आपका अमाउंट कम है बेसिकली अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि कम से कम आप कम से कम आप, कम आप को जो चांसेज है वो कम से कम भी शोर शोर दस लोट्स के नहीं है तो आपको उससे पहले अपना जो है बीड़ को एच एन आई कैटेगरी के, के अंदर में नहीं सबमिट करना होता है और बेसिकली वैसे तो मैं लोन के बिल्कुल ख़िलाफ़ रहता हूँ कि आ, लोन लेकर इन्वेस्टिंग मत करना चाहिए लेकिन अगर आप आई पी ओ इन्वेस्टिंग की बात करें जहाँ पे बेसिकली अगर आप कॉन्सिक्वेंस जानते हो कि आपके लोन लेने के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर देना पड़ सकता है बेसिकली आप ये शॉर्ट टर्म ले सकते हो यह मैं इसमें कुछ बुराई नहीं मानता क्योंकि अगर आप बेसिकली आपके तीस लाख रुपये हैं आपके पास में किसी आईपीओ के अंदर में बिड लगाने के लिए यहाँ पर आप तीस लाख रुपये से सिर्फ अपने बेसिकली दो सौ लोट्स के लिए बिड लगा रहे हो तो तीस लाख रुपये से आपने दो सौ लोट्स के लिए बिड़ लगा ली जिसमें से आपके पास एक लोट तो मिल गया ये मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ आपको एक लोट मिल गया लेकिन आप उन तीस लाख से अपना जो मार्जिन रखवा सकते हो एन के पास में और उन तीस लाख से तीन करोड़ रुपये की बिड़ लगा सकते हो जिससे कि आपको दस लोट मिल जाएंगे तो इसमें मैं ज़्यादा बुराई नहीं मानता कि इस चीज़ में ज़्यादा बुराई है अगर आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं इस चीज़ के आपको कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर पटाना पड़ सकता है तो आप जरूर ही जा सकते हो एनबीएफसी से लोन लेने के ओर भी लेकिन अगर आपका जो है अमाउंट कम है आईपीओ में लगाने का तो आप कोशिश करो कि मल्टीपल लिमिट अकाउंट से आप रिटेल कैटेगरी के अंदर ही आई में बिल सबमिट करो ना कि इस तरह से अलग अलग जा के एच कैटेगरी में चले जाओ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये गलती की उसके बाद वो फ़ोन करते हैं कि मैंने ऐसा किया है और कुछ लोग पूछ, पूछते हैं कि जो एच एन आई कैटेगरी है इसके अंदर में कुछ ब्लॉकेज होता है क्या शेयर्स का बेसिकली कुछ दिनों के लिए क्या ब्लॉक रहते हैं शेयर तो ऐसा कुछ नहीं है आप को जिस दिन आपके शेयर मिले आप उसी दिन अपने सारे शेयर्स बेच सकते हो और मतलब आपके जो मन में आए वो करो शेयर्स आपके हैं जब आपने एक बार ले लिया तो या तो सारे आपके ऊपर है लेकिन हाँ आप चाहे तो बेच सकते हो पहले ही दिन तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे लगता है कि हाँ मैंने इस वीडियो के कम से कम टेक्निकल रखने की कोशिश की है अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो एक दो बार घुमाकर सुन लेना आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो लेकिन चैनल को अंडर बोलना बंद कर दो अगर अंडर लगता ही ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो यार अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के कुछ ऐसी तड़कती भड़कती चीज़ लेकर के तो अगली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं किस चीज़ के ऊपर अगली वीडियो बनाने वाला हूँ तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक चले बाय